शनिवार का दिन आपका कैसा जाएगा तो भाई आज आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कोई बड़ी डील या किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अच्छे से सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा धन लाभ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन आज परिवार वालों के साथ किसी बात को लेकर के आपके मन होने की संभावनाएँ भी बनी हैं आज आपका मूड अच्छा नहीं होगा घर का माहौल भी थोड़ा सा कर्कश रहेगा जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है उच्च शिक्षा के लिए आप लोग तो बाहर जा सकते हैं आज कोशिश कीजिएगा कि आपको मां दुर्गे पर दो फूलदार लौंग आपको चढ़ाना रहेगा और दुर्गा चालीसा का आज आपको पाठ करना रहेगा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मां दुर्गा कामयाब करेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा